की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों वेलकम टू तो द गुजराती चेस्ट दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारी ओपनिंग्स जो फेमस ओपनिंग है उसके बारे में बताने वाला हूं और आप सभी जानते हैं सिसिलियन डिफेंस, कैरोकॉन ये दुनिया की सबसे जानी मानी ओपनिंग्स है तो उसके अलग अलग वेरिएशन मैं आपको डीप में नहीं दिखाऊंगा लेकिन सभी के जो स्टार्टिंग मूव्स होते हैं कि किस मूव से वेरिएशन का नाम क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा तो मेरे सारे वीडियो हर बार में आपको हर संडे एक न अलग अलग ओपनिंग्स के वीडियो भेज रहा हूँ तो ये सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे सिसिलियन डिफेंस जो वर्ल्ड की सबसे फेमस ओपनिंग है सिसिलियन डिफेंस ब्लैक से जब व्हाइट ई फोर खेलता है तो ई फोर के रिप्लाई में सी फाइव ये सिसिलियन डिफेंस स्टार्टिंग है दोस्तों इसमें आगे जाके बहुत सारे अलग अलग वेरियशंस है जिसमें सबसे पहला ड्रैगन वेरिएशन सिसिलियन ड्रैगन नाइट एफ थ्री उसके बाद डी d4, फोर सी knight डी फोर नाइट टेक्स डी फोर नाइट एफ सिक्स नाइट यहां पर जी करने से ब्लैक से सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद व्हाइट को रिप्लाई देना होता है भिसापी थ्री वन ना कि नाइट g4. फोर यहाँ पे दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा नाइट g4 ये एक मिस्टेक है क्योंकि बिशब b5 फाइव और जब आप बिशअ d7 करते हो तो क्वींटेक्स जी g4 आपका नाइट लॉस होता है और अगर नाइट से सिक्स इंटरपोज करते हो तो नाइट टेक्स नाइट स और आपका रुख चला जाता है तो नाइट जी फोर करने की मिस्टेक यहां पे मत कीजिए यहां पे आपको खेलना है विशअ जी सेवन एफ थ्री शॉर्ट के आंसर विशअप सी फोर नाइट सी सिक्स डी D2, नाइट D7, ये है ड्रैगन वेरिएशन <coughs> दूसरा देखते हैं रिचर्ड रोजर वेरिएशन सिसिलियन डिफेंस E4 c5 आप खुद देख लीजिए कि हर एक वेरिएशन में क्या क्या डिफरेंस आते हैं नाइट f3 थ्री नाइट सी सिक्स यहाँ पे d6 नहीं है ब्लैक की ओर से नाइट c6 बाद में d4 cd4 सी डी फोर नाइट एक्स डी फोर नाइट एफ सिक्स एनसी सब जी फाइव इस ट्वेंटी थ्री ए सिक्स ये मैंने बताया रिचा रोजर वेरिएशन अब देखते हैं सोजिन वेरिएशन सोजिन वेरिएशन ई फोर सी फाइव नाइट एफ थ्री एनसी सिक्स डी फोर सी टेक्स डी फोर नाइट टेक्स डी फोर नाइट एफ सिक्स एनसी थ्री और उसके बाद डी सिक्स यहां पे वाइट खेल रहा है बिशअपसी फोर ये है सोजिन वेरिएशन नेक्स्ट जो है मैं बताना चाहूंगा आपको स्वस्थिको वेरिएशन जिसमें ई फोर सी फाइव एन एफ थ्री एन सी सिक्स डी फोर सी टेक्स डी फोर नाइट टेक्स डी फोर नाइट एफ सिक्स एन सी थ्री e5, ब्लैक अगर e5 करके खेलता है तो स्वेस्टिन को वेरिएशन है नाइट बी डी उसके बाद d6, सिक्स बी सब जी फाइव नेक्स्ट देखते हैं सिसलियन में ही फोर नाइट वेरिएशन e4, c5, nf3, e6. एफ थ्री यहां पर दोस्तों e6 से शुरुआत करता है ब्लैक सेकंड मूव में। फोर d4, टेक्स डी फोर नाइट डी फोर एन एफ N D B 5 B B 4 B S B F 4 knight cross E 4 knight C 7 check king F 8 knight cross A 8 बैड मूव है दिखने में अच्छी मूव है बैड मूव क्यों है क्वीन एफ क्वीन एफ थ्री नाइट क्रॉस सी थ्री बीसप डी टू नाइट डी फोर अगर क्वीन क्रॉस सिक्स करता है तो नाइट सी मेट है। वो तो क्वीन क्रॉस एप नॉट पॉसिबल क्वीन डी थ्री कोसमु क्वीन ई फाइव चेक आफ्टर बिशअप ई थ्री नाइट ए फोर चेक सी थ्री नाइट क्रॉस बी टू और वाइट रिजाइन क्योंकि विंड क्रॉस डी फोर टू बी सबेक सी थ्री चेक और विनवास टाइम Variation e four c five r f three n c six d four c d four knight d four e six bishop e three knight f six कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल मूव हमें अगर ओपनिंग नहीं भी आती है तो हम वाइट की ओर से ऐसे ही कुछ मूव करेंगे जो हमें पता नहीं है कि हम कौन से वेरिएशन खेल रहे हैं लेकिन हो जाता है अपने आप वही वेरिएशन जो हम खेलना चाहते है थ्री नाइन्टी टू फाइव नाइट क्रॉस थ्री सिक्स डी क्रॉस थ्री ये था तइमो वेरिएशन देखते हैं पोल्सन वेरिएशन पॉल्सन वेरिएशन बहुत बार लोग खेलते हैं इसके बारे में खास ध्यान रखो ई फोर सी फाइव एन जो भी मूव मैं बता रहा हूं दोस्तों ये बुक मूव है डी CD4, सी डी queen c7 knight c3 e6 g3 a6 bishop g2 b5 short castle भी भी सेवन। ये था पॉलसन वेरिएशन इसके बाद में सबसे अच्छा वाला जो वाइट की ओर से भी अच्छी लाइन है वो है क्लोज सिसिलियन क्लोज सिसिलियन में सबको सजेस्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी कि वाइट की ओर से अगर कोई सामने वाला सिसिलियन खेलता है तो आप क्लोज सिसिलियन जरूर खेलिए क्लोज सिसिलियन व्हाइट के लिए काफी अच्छा वेरिएशन है तो ये भी हमें देखना है e4 c5 सी फाइव क्लो में नाइट f3 के बजाय नाइट सी थ्री निकलता है पहले ब्लैक e6 या d6 कुछ भी करता है जनरली यहाँ पे g3 उसके बाद नाइट सी सिक्स बीसफ जी रूप बी नाइट f3 b5 castle b4 ne2 then knight f6 d4 knight plays e4 knight e5 Knight cross e5, cross e5, then f5. दोस्तों क्रोस है सी लैंड काफी फेमस है इसमें व्हाइट की ओर से भी आप अच्छी तरह से खेल सकता है. ऐसा नहीं कि अभी गेम में ब्लैक सी विनिंग है तो जो आप अच्छा सा वेरिएशन को सिलेक्ट करके खेलते हो अगर आपको लगता है कि सीसी के सामने कैसे खेला जाए अच्छे से तो आप मेरे मेरा सजेशन है कि आप क्लोज एसीलेंट ज़्यादा से ज़्यादा खेलना तो आपको स्ट्रक्चर में भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे पोजीशन से आप खेल सकते हो अब देखते हैं फ्रेंच डिफेंस के वेरिएशन्स फ्रेंच डिफेंस जो पहले मूव में E4 E6 होता है दोस्तों फ्रेंच डिफेंस वो भी बहुत फेवरेट है ई फोर इ्स से सेकेंड मूव में सेंटर कंट्रोल के लिए डी खेला जाता है तो d4 के सामने ब्लैक रिप्लाई देता है d5 फाइव यहाँ पे फ्रेंच में चार वेरियशन है टोटल मेन एक तो एक्सचेंज वेरिएशन जो पॉन टेक्स फॉर्म पौन, दूसरा है एडवांस वेरिएशन फॉर्म एडवांस करते हैं तीसरा वेरिएशन है नाइट सी जो विनावर वेरिएशन कहते हैं फोर्थ वेरिएशन तारास वेरिएशन नाइट करके खेलते हैं यहाँ पे हम देखते हैं पहले एक्सचेंज वेरिएशन तो एक्सचेंज में पॉन टेक्स फॉर्मेस्ट पौन, डी फाइव जो फ्रेंड्स के आगे मतलब जिसको प्रॉब्लम है फ्रेंड्स के सामने खेलने तो वो एक्सचेंड वेरिएशन खेल सकता है सिंपली एकदम सिंपल लाइन है बिशअप डी थ्री देन ब्लैक सी फाइव नाइट एफ थ्री आपको सपोर्ट करके कैसल करके खेलना है व्हाइट से ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट सी सिक्स क्वी टू चेक मिशप ई क्रॉस सी फाइव knight एफ सिक्स एच थ्री फिर ब्लैक कैसल और वाइट कैसल ये है फ्रेंच डिफेंस का एक्सचेंज वेरिएशन इस प्रकार दोनों की ओर से डेवलप हो गया व्हाइट एक पॉन प्लस है लेकिन वो पॉन ऑलरेडी डबलिंग है और पॉन आपको कभी भी मिल सकता है अभी नेक्स्ट देखते हैं एडवांस वेरिएशन फ्रेंच डिफेंस का एडवांस वेरिएशन ई फोर ई सिक्स डी फोर डी फाइव व्हाइट एडवांस वेरिएशन खेलना चाहता है तो ई e फाइव करेगा यहाँ पे यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है सी फाइव करके ब्लैक की ओर से भी मैं बता रहा हूँ ज्यादातर लाइन्स तो यहाँ पे आप अगर ब्लैक से खेल रहे हो तो एडवांस वेरिएशन के सामने तुरंत आपको ब्रेक लेना होगा सी से उसके बाद देखते हैं विनेवर ई फोर ई सिक्स डी फोर डी फाइव नाइट सी थ्री इसके सामने बी फोर ये ज्यादा फेमस लाइन है बिशप डी थ्री डी इन टू ई फोर बिशपटेक्स ई फोर उसके बाद सी फाइव एन जी ई टू सी टेक्स डी फोर नाइट्रॉस डी फोर बिश्टेक्स सी थ्री बी टेक्स सी थ्री वी ए फाइव पिनिंग स्पोन व्हाइट डिफेंस करेगा क्वीनए थ्री और अभी डबल विबल एटेप सेवन ये है विनावर विनावर में बहुत सारे वेरिएशन हैं मैं सारे वेरिएशन अभी नहीं दिखा रहा हूँ आपको उसके बारे में हम डीपली आगे से वन बाय वन जब मैं वीडियो रखूंगा सारे ओपनिंग्स के तो आपको एक ही ओपनिंग के पीछे में बहुत सारे वेरिएशन दिखा के डीप में आपको समझाऊंगा तो ये था विनावर वेरिएशन तारा देखते हैं फ्रेंच में E4, E6, D4, D5. फ्रेंच के सारे सारे वेरिएशन में पहले दो मूव कॉमन है थर्ड मूव से चेंज होता है नाइट डी टू नाइट डी टू यहां पर आप नाइट एफ सिक्स ये अच्छा मूव है ब्लैक खेलेगा ई फाइव एन एफ डी शअप D3, C5, C3, फाइव C6, थ्री नाइट सी सिक्स नाइटी D4, सी टेक्स टी फोर ये है फ्रेंच का ट्रस वेरिएशन तो उसको तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारी ओपनिंग्स जो वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है उसके बारे में मैं वन बाय वन सारे वेरिएशन आपको समझाऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात वीडियो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे सारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी जय हिंद